मेरा माखना चुरावसान पड़ू पड़ू शाम पाइया परू पड़ू साम पाइया परू मेरा मा खना चुराव साम पाइया परू मेरा माखना चुरावसान पड़ू खन जो चुराया माखन जो चुराया चलो कोई बात नहीं माखन जो चुराया तो चलो कोई बात नहीं माखन जो चुराया तो चलो कोई बात नहीं चलो कोई बात नहीं मेरा घुमटा मेरा, वो था, वो था, पैया मेरा ना बुठा बोदंगेरा माखना तोया घुमटा जो बठाया घुमटा जो बिठाया चलो कोई बात नहीं घुमटा जो उठाया तो चलो कोई बात नहीं चलो कोई बात नहीं नमोस नैना ना मिलावो ताम पैया बड़ो मुसने ना मिलावो ताम कैया बढ़ो मेरा मा चुरावो ताम पैया ना जो मिलाए नैना जो मिलाए चलो कोई बात नहीं नैना जो मिलाए तो चलो कोई बात नहीं चलो कोई बात नहीं चलो, बात नहीं, चलो कोई नैना जो मिलाए तो चलो कोई बात नहीं ना जो मिलाए तो चलो कोई बात नहीं मेरे दिल में नया बचान पैया बनो मेरे दिल में नया बचन पैया बनो मेरा माखना खना चलो कोई बात नहीं मेरे दिल में जो आए तो चलो कोई बात नहीं चलो कोई बात नहीं चलो कोई बात नहीं आके वापस आके वापस न जाओतम कईया पर मेरा मां खाना चुराव तम कइया पर इया पढ़ो शाम पाइया पढ़ू कई पढ़ो शाम पाइया पढ़ो मेरा मा चुरावो शाम पैया पढ़ो मेरा मा चुरावो शाम पाइं पढ़ो मेरा माखाना चुरावो सामिया